स्वागत तो है आप सभी के स्रोत जी के यूट्यूब चैनल पर मैं लेकर आई आ रही हूँ कृष्ण भजन पसंद आए तो प्लीज लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और सुनना ना भूलें धन्यवाद बसे गयो मदन गोपाल मेरे मन बस गयो रे बस गय मदन गोपाल मेरे मन बस गो रे जमुना किनारे नारे गौ चरा किनारे जमुुना की चरा संग में बाल गोपाल मेरे मन बस गो रे बस गो मदन गोपाल मेरे मन बस गो रे बस गो मदन गोपाल मेरे मन बस गो रे मोर मुकुट मथ तिलकबिराज मोर माथे तिलक तिलकबिराज गले बजंती माल मोरे मन बस गो रे बस गयो मदन गोपाल मेरे मन बस गयो रे बस गो मदन गोपाल मेरे मन बस गयो रे मीठी धुन में बंसी बजा बे मीठी धुन में बंसी बजा वे मोहे गोपी बाल मेरे मन बस गयो रे बस गो मदन गोपाल मोरे मन बस गो रे बस गए हो मदन गोपाल मेरे मन बस गयो रे तेरे कारण भस्म रमाई तेरे कारण भस्म रमा छोड़ जग जंजाल मेरे मन बस गयो रे बस गए हो मदन गोपाल मेरे मन बस गयो रे घर में जाके अलख जगाई घर में जाके अलख जगाई गल बीची कफनी डाल मेरे मन बस गयो रे ये गल बीच कफनी डाल मेरे मन बस गयो रे बस गयो मदन गोपाल मेरे मन बस गयो रे बस गयो मदन गोपाल मेरे मन बस गो रे ढूंढ ढूंढ के उमर बिताई ढूंढ ढूँढ के उमर बिता मिल गए संत दयाल मेरे मन बस गयो रे धुंड धुंड धुंड धुंड मिल गए संत दयाल मेरे मन बस गयो रे। ए, गये मन बस गयो रे बस गय मदन गोपाल मेरे मन बस गयो रे बस गयो मदन गोपाल मेरे मन रस गो रे राधे राधे